हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा पर जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी को झूठ बोलना आता ही ना हो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुआत एक ऐसी ही दुनिया से होती है जहां एक बिखारी से लेकर देश के नेता तक सभी सिर्फ सच ही बोलते थे क्योंकि किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं और इसी दुनिया में मात नाम का एक इंसान जिसने जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं था आज अपनी किस्मत आजमाने के लिए एना नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहा था मार्क को देखकर एना कुछ खास खुश नहीं थी क्योंकि वो समय से पहले पहुंच गया था तो उसने उसे इंतजार करने को कहा मार्क ने उसे साफ सीधी तौर पर बताया कि वो उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता क्योंकि शायद उसका बॉस अगले हफ्ते उसे नौकरी से निकालने वाला है ऐना ने भी इसके जवाब में कहा की मार्क उसे कुछ खास पसंद नहीं आया और जले आरोप नमक छिड़कने के लिए वेटर ने तो एना को मार्क की बेटी की उम्र का बता दिया रेस्टोरेंट में एना को उसकी माँ का फोन आया जिसने उससे पूछा हाँ बेटा तो कैसा लगा तुम्हें तो तो अरे मम्मी क्या बताऊँ एक नंबर का घनचक्कर है कि तो कहीं का, मुझे डेट पे ले आया सस्ते से रेस्टोरेंट में और इसी तरह फोन पर मार्ग की जमकर बेच हुई अगले दिन मार्क अपने ऑफिस लेक्चर फिल्म स्टूडियोस पहुंचा जहाँ एक आदमी ने मार्क को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताया कि वो इस कंपनी का स्क्रीन राइटर है और साथ ही साथ सबसे आलसी और कांचोर आदमी भी और इसे याद रखने की जरुरत नहीं है क्यूँकी कंपनी इसको जल्द निकालने वाली है अभी इतना सच कौन बोलता है ऑफिस के अंदर जाने आरोप पहले तो शैली ने उसकी की और फिर उसी वक्त उसके बॉस एंथनी ने खराब काम की वजह से से उसे नौकरी भी निकाल दिया। इन चीजों से उभर पाता उससे पहले ही उसे एना का ईमेल मिला जिसमें उसने लिखा था कि वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो बट तुम थोड़े मोटे और गरीब हो तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी मोटे और गरीब हो तो यू आर रिजेक्टेड ऑफिस से जाते वक्त शली और ब्रैड ने बताया कि उन्हें हमेशा से मार्क के साथ एक ऑफिस में काम करने में शर्म आती थी और वो जिंदगी भर एक लूजर ही रहेगा इसके बाद मार्क एक वृद्धाश्रम में पहुँचा जहाँ उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी उसने अपनी माँ को अपनी नौकरी के बारे में बताते हुए कहा की उनका पूरा परिवार ही लूजर ऐसी भरा पड़ा है उसे जब मार्क के घर उसका लैंड किराया लेने पहुँचा तो उसने वही अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी जिससे परेशान होकर लैंड ने कहा देख भाई एक दिन का टाइम दे रहा हूँ घर खाली करके निकल जाया से फालतू बकवास में इसके बाद मार्क अपना अकाउंट बंद करा कर अपने सारे पैसे निकालने बैंक पहुँचा यहाँ कैशियर ने उसे बताया कि वो उसका अकाउंट बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनका सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा सिस्टम काम नहीं कर रहा एसबीआई में खाता है क्या इसका लेकिन कैशियर ने कहा कि फिलहाल वो उसे कैश दे सकते है जब कैशियर ने पूछा की हाँ भाई कितने पैसे अकाउंट में कितने चाहिए बता तो मार्क ने जिंदगी में पहली बार झूठ बोलते हुए बताया की उसके अकाउंट में आठ डॉलर पड़े थे उसे बहुत डर लग रहा था और तभी सिस्टम दोबारा ऐसी चलने लगा कैशियर ने जब चेक किया तो उसके अकाउंट में सिर्फ 300 ही डॉलर थे लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता तो कैशियर ने मार्क की बात पर विश्वास करके उसे 800 डॉलर दे दिए और सोचने लगा कि शायद सिस्टम में ही कोई खराबी होगी मार्क वहां से हैरान होकर वापस अपने घर पहुँचा जहाँ उसने सबसे पहले घर आकर अपना रेंट भरा फिर वो शाम को अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी नई शक्तियों के बारे में बताने लगा और क्यूँकी उनकी भाषा में झूठ को बताने के लिए कोई वर्ड ही नहीं था तो ना तो मार्क उन्हें समझा पाया और ना वो समझ पाए मार्क बार बार अपना नाम बदलता और हर बार उसका दोस्त उसे सच मान लेता इसके बाद उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए तो उसने जवाब दिया भाई एक लड़की चाहिए यार जिंदगी सुनी पड़ी है उम्र बढ़ती जा रही है क्या बनेगा मेरा समझ नहीं आ रही इसके बाद मार्ग बाहर ऐसी निकला और सामने रोड आरोप चलती एक औरत के पास गया मार्क ने उससे कहा की अगर उसने उसके साथ गुलू गुलू नहीं की तो दुनिया तबाह हो जाएगी ये सुनकर वो लड़की डर गई और जल्दी ऐसी मार्ग को लेकर एक कमरे में पहुँची कमरे में पहुँचने के बाद मार्क ने उससे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उस लड़की को तो बस दुनिया को बचाने का जोश चढ़ा था ये सब देखकर मार्क को अजीब सा लगने लगा जिसके बाद उसने एक फोन करने का नाटक किया और कहा कि अभी नासा से फोन आया उन्होंने कहा कि अब खतरा टल चुका है और अब उन्हें कुछ उल्टा उल्टा करने की जरुरत नहीं है वापस बाद में पहुँच उसने अपने दोस्तों ऐसी पूछा की वो लड़की के अलावा और क्या मांगेंगे तो उन्होंने जवाब दिया की ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा जब मार्क अपने दोस्तों के साथ बाहर ऐसी निकला तो उसका दोस्त नशे में गाड़ी रहा था और जब एक पुलिस वाले ने आकर उन्हें ड्रंक एंड ड्राइव के चक्कर में पकड़ लिया, तो मार्क ने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि उसका दोस्त तो नशे में है ही नहीं वो तो सोबर है और अचानक से पुलिस वाला उसकी बात मान भी गया ये बढ़िया जुगाड़ है भाई तुमने दो करोड़ की चोरी की है मैंने चोरी नहीं की ठीक है <laughs> बढ़िया दुनिया ही है ये इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ कसीनो पहुंचा, जहां उसने 28 नंबर पर बाजी लगा दी पर बॉल 35 नंबर पर आकर रुकी फिर मार्क ने सबका ध्यान भटकाकर अपने 28 नंबर को जिता दिया और ताकि किसी को उस पर शक ना हो तो उसने कह दिया अठाईस तो आया था <laughs> और बाकी सब ने भी तुरंत उस पर भरोसा कर लिया इसके बाद उसने एक के बाद एक बाजी खेली और हर बार जीतता चला गया आखिर में वो वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर निकला अब जब माक झूठ बोलना सीख चुका था तो उसने काफी लोगों की मदद भी की एक दिन उसने एना को फोन करके उससे एक और मौका मांगा उसने एना को विश्वास दिलाया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है उसकी ये बात सुनकर एना ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया उसी वक्त माघ ने टीवी पर देखा की न्यूज में ब्रैड की लिखी हुई चीजों की तारीफ हो रही थी इसके बाद उसे एक आइडिया आया और उसने कागज उठा एक कहानी लिखनी शुरू की फिर मार्क ने उस कागज को कॉफी में डुबाया ताकि वो थोड़ा पुराना लगे अगले दिन वो लेक्चर फिल्म्स के ऑफिस में अपने बॉस से मिलने पहुंचा। उसने अपने बॉस एंथनी से कहा कि उसे रेगिस्तान में कुछ पुराने कागजात मिले हैं जिनके अंदर एक स्पेसशिप के क्रैश होने की पूरी कहानी लिखी थी ये सुनकर एंथनी ने दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगो को बुलाया और मार्क की बात को ध्यान ऐसी सुनने को कहा मार्क ने उन्हें बताया की चौदवी सदी में धरती को एलियंस ने बचाया था और बाद में उनके राजा ने सभी इंसानों की यादाश्त मिटा दी थी और इस सदियों पुराने कागज के मुताबिक 700 साल के बाद मार्क नाम का एक महान आदमी लोगों तक ये कहानी पहुंचाएगा और आखिरी लाइन में ये भी लिखा है कि लेक्चर फिल्म से इस कहानी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनाएगी जिसके बाद मार्क बहुत अमीर और मशहूर हो जाएगा ये सुनते ही सबने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और तालियां मारने लगे एंथनी ने मार्क को तुरंत इस फिल्म पर काम शुरू करने को कहा अगले दिन मार्क एना को एक महंगे रेस्टोर में लेकर गया जहाँ एना ने मार्क को उसकी कामयाबी के लिए बधाई और उसके परिवार के बारे में पूछा जिस पर माक ने बताया कि उसका बाप शराबी था और उसकी मां एक नर्सिंग होम में रहती है लेकिन अब वो अपनी मां को वहां से निकाल कर एक अच्छे घर में रखेगा इसके बाद मार्क ने एना से शादी के बारे में पूछा जिसके जवाब में एना बोली देखो तुम सक्सेसफुल और पैसे वाले तो हो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखें बात खत्म ये ज्यादा डायरेक्ट भेज देती नहीं हो रही उसी वक्त अचानक मार्क को एक फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने की वजह ऐसी उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है ये सुनते ही माक हॉस्पिटल पहुँचा जहाँ माक की माँ मौत के डर ऐसी सहमी हुई थी ये देख कर माक रहा नहीं गया और उसने उनका दिल हल्का करने के लिए झूठ बोल दिया की मरने के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा मम्मी चेहरे की सारी जुड़ियाँ चली जाएंगी तुम जवान हो जाओगी फिर से और स्वर्ग में ये बड़ा घर मिलेगा तुमको रहने के लिए मस्त वहाँ पे चार नौकर मिलेंगे सारा दिन तुम्हारे पैर दबाएंगे ऐश काटोगी ऐश मार्क की ये सारी बातें वहाँ खड़े डॉक्टर्स भी सुन रहे थे अगले दिन जब वो घर पहुँचा तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी लोगो ने उसे देखते ही घेर लिया और सभी मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछने लगे बड़ी मुश्किल ऐसी वो अपने घर के अंदर घुसा और जैसे ही उसने टीवी चलाया वहाँ भी यही न्यूज चल रही थी तभी वहाँ एना भी पहुँच गई और उसने मार्क से पूछा कि आखिर उसने अपनी माँ को क्या बताया था मार्क ने एना को यही सारी बात बताई जिस पर उसे भी एक सेकंड में भरोसा हो गया उसने मार्क से कहा कि उसे सभी लोगों को सच बताना होगा इसके बाद मार्क ने बाहर आकर सबको बताया की आसमान में एक बहुत ताकतवर आदमी रहता है जो मरने के बाद सबको एक बंगला गाड़ी नौकर आइसक्रीम और उनके हरामी रिश्तेदारों को तेल में तलता है ये सुनकर एक औरत ने उससे पूछा कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है भैया दिमाग ने जवाब दिया कि वो ऊपर रहता ना आदमी उसी ने बताया मुझे ये सब पर्सनली एकदम कान में इसके बाद ये बात हर जगह फैल गई सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स पर मार्क की इस बात के बारे में चर्चे थे कुछ दिनों बाद मार्क ने एंथनी को वो स्क्रिप्ट पकड़ाई और फिल्म बनते ही हिट हो गई जिसके बाद मार्क बहुत मशहूर और अमीर बन गया एक शाम मार्क ने एना को बताया कि वो उससे अच्छे इंसान से कभी नहीं मिला ये सुनकर एना शर्मा गई और वो दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के करीब भी आए लेकिन फिर वो एकदम पीछे हट गयी एना ने बताया की मैं तुम प्यार तो करती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे वाले बच्चे नहीं चाहिए मार्क मैं क्या करूं बताओ शाम के समय एना मार्क के घर आई और उसने बताया कि वो ब्रैड के साथ डेट पर जा रही है और क्योंकि उसका शरीर एकदम सेक्सी और सुंदर है और वो प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करेगा तो हो सकता है कि वो उसके साथ सो भी जाए। ये सुनते ही मार्ग चिड़ गया और उसने एना को समझाया की शादी ऐसी पहले उल्टी वुलटे काम करना गलत बात होती है उधर डेट आरोप ब्रैड अपनी तारीफ करता गया और माँ की बेजती अगले दिन जब एना माक का इंटरव्यू देख रही थी तो उसकी माँ ने बदल दिया वो उसे समझाने लगी कि बेटा इस घटोत्कच से मुंह वाले से दूर रह ले तुम दोनों का कभी कुछ नहीं बन सकता क्योंकि ये हमेशा से एक लूजर लूजर है और लूजर ही रहेगा। इसके बच्चे भी इसकी तरह मोटे और भैंस जैसे मुंह के निकलेंगे तू देखियो ये सारी बातें एना को बिल्कुल पसंद नहीं आई पर उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती ब्रैड ऐसी बात करने को कहा कुछ महीनों बाद ऐना मार्ग के घर पहुँची जहाँ मार्ग बड़ी बड़ी दाडी और बाल लेकर दरवाजा खोलने आया मोटापे के चक्कर में भैया को रिजेक्ट कर दिया क्या हाल बना दिया है हे भगवान एना ने मार को अपनी शादी का कार्ड पकड़ाया कार्ड पकड़कर बेचारे मार्क ने एना को ब्रैड से शादी तोड़ने को कहा लेकिन एना ने उसकी एक न सुनी क्योंकि उसे लगता था कि ब्रैड के साथ ही उसके बच्चे एकदम स्लिम ट्रिम और स्मार्ट पैदा होंगे एना की शादी वाले दिन मार्क के दोस्त ने आकर उसे उठाया और दाढ़ी शेव करने को कहा उधर शादी के बीच में अचानक ऐसी मार्क ने खड़े होकर सबके सामने कहा की एना उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी ये सुनकर ब्रैड ने कहा की वो आसमान में बैठे आदमी ऐसी ही पूछे की एना के लिए क्या सही रहेगा मार्क आसानी ऐसी वहाँ झूठ बोल सकता था लेकिन वो झूठ बोलकर अपने प्यार को नहीं पाना चाहता था उसने जवाब दिया कि एना को अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा ये बोलकर वो चर्च से जाने लगा कि तभी ऐना ने उसे रोककर उस आदमी से पूछने को कहा जिस पर एक टूटे हुए माक ने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ एक कहानी थी उसकी माँ का दर्द कम करने के लिए इसके बाद एना ने उससे पूछा की फिर उसने शादी के लिए झूठ क्यूँ नहीं कहा तो माक ने एना ऐसी कहा की वो उसे तहे दिल से प्यार करता है और वो चाहता है की ऐना भी उसे बिना किसी फरेब के चाहे उसकी ये सुनकर एना भावुक हो गई और कहने लगी कि मेरा भी मन थोड़ा सा मोटे बच्चे पैदा करने का हो रहा है बेसिकली इन दोनों की सेटिंग हो ही गई। तो अगर आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे कमेंट्स में जरूर बताना